तो अब मैं आपको छह उपाय बताने वाला हूँ सब नोट करिएगा प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्यों ने पूछा कि काम बात सब कैसे तो प्रभुपाद जी ने जवाब जी ने बोला कि एक उपाय शेड्यूल आप किसी न किसी सेवा में किसी न किसी, किसी कार्य में आप इतने आप अपने, अपने आप को व्यस्त रखो कि आपके पास कोई समय ही नहीं है ना? अन्य चीजों के बारे में सुनो के सबसे अच्छा उपाय बोले देखो मैं 24 घंटे बिजी बिजी रहता 24 24 घंटे घंटे लग रहते लगभग मात्र सोते थे और इतने बिजी रखते थे अपने आप को कि उनको कुछ न कुछ कुछ न कुछ हमेशा कार्य भगवान की सेवा में चाहे भगवान का नाम ले रहे हो या कीर्तन कर रहे हैं प्रवचन कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ इस तरह से हाँ। तो ने बोला आप भी ऐसे ही करो अपने समय समय समय को 24 घंटे किसी किसी में में सेवा लगाओ भगवान न इससे क्या होता है आपके पास समय। समय ही नहीं तो बोलते इंग्लिश कहा एन आइडल यानी जो फुर्सत में बैठे हुए तो उनके माइंड में सब गलत विचार सब आते जिसके पास फुर्सत नहीं है वो कहां से सोचेगा इसलिए आपको एंगेज रहना चाहिए हमेशा और दूसरा दूसरा उपाय है हक्तों के संग में रहना अकेले में जब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में खराब ख्याल जो भी अकेले में रहते हैं अकेला यू you नो know, अकेले आप अकेले नहीं है जब पूरी तरह कंट्रोल में रहता है मन तो आपके सबसे बड़ा मित्र है और जब कंट्रोल में नहीं रहता है तो सबसे बड़ा शत्रु है तो हमारे स्थिति में भी तो पूरे कंट्रोल में तो है नहीं हमारा मन तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो अकेले में जब रहते हैं तो आप अकेले में नहीं हैं आप अपने सबसे बड़े के साथ लेकिन अगर कोई भक्तों के साथ है तो भक्तों के साथ बैठकर आप गलत सोच भी नहीं सकते इसलिए भक्तों के संग में हमेशा रहना आप बोलेंगे भक्तों का संग हमेशा कहां से मिलेगा प्रभु जी हम तो हफ्ते में एक बार मंदिर जा पाते हैं बाकी समय आपको कहां से मिलेगा संग तो संघ क्रिएट करो अपने परिवार में नहीं तो आपके कोई आस पड़ोस पड़ोसी पड़ो अपने दोस्त जो भी है उनको भक्त बनाओ भक्त बनाकर उनके साथ रहो भक्तों के संग में रहो भक्तों का मदद लो हर चीज में भक्तों का मदद लिया जा सकता है कोई भी कार्य करने के लिए सुबह जल्दी उठना है आपको उसमें भी भक्तों का मदद ले सकते हैं मैं सुबह नींद नहीं कुल पाती है प्रभु जी आप हमें सुबह चार बजे भोग करके देना आप हमें रिमाइंडर दे दीजिए कि आज गोरबात का बुक्स पड़े की नहीं पढ़े करने में मन नहीं लगता हम दोनों मिलकर बैठकर तो अच्छे अच्छे आदत बनाना चाहते हो या जो बुरे आदत को खत्म करना चाहते हैं दोनों चीजों में आपने क्या करना हेल्प लेना है भक्तों का हेल्प लेना और भक्तों का हेल्प ले, लेंगे तो आपको बहुत आसानी से तो बुरे आदत आप तो भक्तों, भक्तों के संग में रहिए भक्तों का हेल्प लीजिए आजकल हो सकता है फिजिकली एक साथ ना हो ऑनलाइन में भी हेल्प ले सकते हैं फोन के माध्यम से भी किसी माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं और उनकी सेवा करें यह दूसरा है भक्तों के संग सबसे और तीसरा उपाय है तीसरा उपाय है कि सम्मान करना सीख को ही नहीं हर स्त्री को हर पुरुष मैं इसको बोल रहा हूं कोई भी हमारा के लिए नहीं है हर व्यक्ति एक्चुअली भगवान के अंश है तो भगवान के सेवा के लिए दिया गया है उनका शरीर यानी जो हर व्यक्ति को हम जब देखेंगे कि भगवान के सेवक है भगवान के अंश हैं ये हमारे भोग के लिए नहीं है उनको सम्मान देना चाहिए तो प्रभु जी कोई अपने प्रभु है कोई हमारे माता है तो उनको हम कैसे गलत दृष्टि से कैसे आप बोल सकते हैं लेकिन आ, आ, तो ठीक है लेकिन कुछ लोग हैं जो आ, जो भक्त नहीं है उनका क्या जो भक्त नहीं है या जो खुद ही आ, गलत काम करने में लगे हैं उनको कैसे आप माता या प्रभु को भी देखना चाहिए क्योंकि भले वो खुद नहीं समझ पा रहा है लेकिन वास्तविकता तो यही कि हर व्यक्ति का हर व्यक्ति भगवान का चाहे वो समझे ना समझे उनको नहीं समझ में आ रहा है हमको तो समझ में आ रहा है ना हमको तो पता है ना तो इसलिए जब हर व्यक्ति को हम सम्मान के दृष्टि से देखेंगे आदर सम्मान के दृष्टि से देखेंगे ये देखेंगे कि ये भगवान के आनुष्य है ये पूजनीय है तो तब जाहे जो है सबको हर जीव को चाहे वो चीटी हो इंसान हो कोई भी उनको सम्मान देना सीखेंगे तो हम उनका नजर नहीं कर सकते गलत से नहीं देख सकते उसके बाद चौथा उपाय क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपा जी बताते हैं कि आपको काम वासना से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने पे कंट्रोल करना उधर और ये तीन एक लाइन में होते हैं यानी खाने का जो इंद्रिय है उधर यानी पेट और उपस्थ यानी जन इंद्र तो ये तीनों एक लाइन में सीधे लाइन में रहते हैं जब आपका जिह्वा कंट्रोल में रहता है तो आपका पेट और धन दे, इंद्रिय भी कंट्रोल इसलिए बताया गया है हमें क्या करना चाहिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए भगवान का प्रसाद लेना। भगवान का का प्रसाद प्रसाद लेना लेने से क्या होगा हमारे हमारी चेतना शुद्ध गलत विचार नहीं आता और प्रसाद लेना यानी कभी कभी प्रसाद लेना नहीं हमेशा से प्रसाद ही लेना यानी जो भी आप खाते हैं भगवान को भोग लगा बाहर का खाना अवॉइड करें जहां तक संभव है आ, और खुद भक्तों के द्वारा बनाया हुआ खाना जो है भगवान को भोग लगाकर समर्पित करके प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा प्रसाद का खाने से हमारा मन शुद्ध गलत विचार हमारे मन और जो हम खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन बोलते है न, हैं ना हिंदी में यू आर वॉन्ट यू ईट इंग्लिश में बोलते हैं ये वैसा तो जब हम भगवान का प्रसाद ही खाने का बनाएंगे काफी हमारा मन होता है उसके बाद पांचवा उपाय है कभी भी अकेले नहीं रहना कभी भी अकेले नहीं रहना हमेशा भक्तों के साथ रहना इससे पहले मैंने बोला भक्तों का संग लीजिए भक्तों का मदद लीजिए ये भी कुछ उसी प्रकार से लेकिन क्या है अकेले नहीं रहना प्रभुपात हमेशा उनके शिशो को साथ में अकेले वही रह सकता है जो पूरी तरह से भगवान के हो। और कभी ओवर कभी मत मत रहिए। आप सोचिए कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया जैसे इसलिए वो जयमिनी ऋषि का कहानी मैंने बताया तो जयमिनी ऋषि ने, ने सोच लिया कि मैं तो जीत लिया हूँ लेकिन अचानक पता चला कि उन्होंने बोलते उनका नाम है विप्र नाराये। विप्र नाराये नाम के के एक बहुत बड़े थे। तो बहुत बड़े बड़े भक्त भक्त तो भगवान लेकिन थोड़े से हो गए उनको लगा कि हमने जीत लिया काम पास और उसी समय पर हो गए कभी भी आप मत सोचिए कि आपके इंद्रियों कंट्रोल के आप केंद्रीय जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आखिरी उपाय क्या है आखिरी उपाय है अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए बुद्धि का प्रयोग करके विचार करिए कि किन चीजों से आपको दिक्कत है, तो उन चीजों से दूर रहिए कि हमने डेली शेड्यूल पे ऐसा प्लान करिए भगवान तो ने हम सबको बुद्धि दिया है तो उस बुद्धि को उपयोग करके हम अगर सोचें तो हर समस्या का समाधान तो तो ऐसा कोई समस्या है ना इसका विश्वास रखिए भगवान ने ऐसा मार्ग दिया उस मार्ग को अपनाने से कोई भी समस्या का तो इसलिए हर रोज हमें क्या करना चाहिए थोड़ी देर एकांत में बैठकर कर पंद्रह मिनट आधा घंटा बैठकर सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या कमी तो है, तो है क्या दिक्कत तो है उसको कैसे हल कर सकते हैं बुद्धि का प्रयोग करना अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली आप मैनेज कीजिए आपके शेड्यूल को मैनेज कीजिए आपके समय को मैनेज कीजिए और आपके लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए लाइफ तरीके तो से ताकि आपके जो से उससे आप प्रभुपाद जी एक बार अपनी प्रभुपात जी जब 80 साल की उम्र के थे उनकी बहन आई थी उनकी बहन वो भी बहुत बुढ़ी थी उनसे मिलने के लिए उनके बहन आई थी उनके नाम ऋषि बोलते थे और उनके बहन आए थे वो बात कर रहे थे प्रभापात का सेक्रेटरी बैठे हुए थे और वो सेक्रेटरी जो था वो को प्रभावी बहन बात कर रहे थे तो वो गया कुछ काम से और थोड़ी देर बाद जब वो सेक्रेटरी वापस आए प्रभुपा उनको डांटने लगे बोले तुम कहा गए मुझे एक औरत के साथ अकेले छोड़ के कहा गए प्रभाजी उनको डांटने अरे देखो रुपा जी तो अस्सी साल के जो सिस्टर है वो भी उसी उम्र और वो उनके सिस्टर है और वो भी भी इतने बड़े हैं सन्यासी तो कोई ऐसा गलत कैसे सोच सकता पर फिर बोला हमें अकेले छोड़ के क्यों, क्यों गए सॉरी कहने का मतलब यह है कि जी टीच कर रहे हैं, तो कर रहे हैं को और सभी को सावधान करना चाहिए तो आप कभी भी मत सोचिए कि हम जीत लिये अपने बुद्धि को प्रयोग कीजिए। हमेशा सावधानी अपने स्केड को अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मैनेज कीजिए, ताकि और तो ये सब कुछ उपाय हैं और और भगवान की अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है इसमें जब लिखा नहीं है, एक और है कि भगवान की लीलाएं सुनिए भगवान की कथा सुनिए श्लोक आता है हृद्रोगी यानी भगवान कृष्ण विक्रीडित्रजवधू विम व्रजवधूद विष्णु अथवा श्रद्धा तो, तो आ, में बताया गया है कि कृष्ण की लीलाओं को, को कृष्ण कथाओं भक्तों से जब कोई व्यक्ति सुनता है ना ध्यान पूर्वक और वो कृष्ण कथा कृष्ण का जो संदेश है वो कोई श्रद्धा से सुनता है या उसका वर्णन करता है उसके हृदय रोग ही इसका जो काम है है है बहुत जल्दी खत्म तो लोग बोलते हैं और का राजा वो कितना पूरी तो तरह से विपरीत है काम जो का दिव्य प्रेम की लीलाएं जब सुनेंगे शुद्ध वैष्णव से प्रामाणिक वैष्णव से, से। प्रभुपात जी और कहते हैं भगवान के संदेश गीता भागवत ये सब सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा का जो का, काम वासना है इसलिए की है, है, का नाम का जब करिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो काम वास्तव से भगवान की तरफ से हम काम वासना तो नहीं जीत सकते सुनते की सेवा करते के। आदर, तो भगवान ही हमारे हृदय में जो काम बाजो निकाल शक्ति के। अपने, अपने के ताकत सकेंगे तो इस प्रकार से मार्ग से हम सी राधे राधे